जीत के खातिर बस जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए या आसमा भी यह आसमा भी आएगा ज़मीँ पर यह आसमा भी आएगा ज़मीं पर बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए बस इरादों में सा जुनून चाहिए हाय फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं चलिए आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे वीडियो का थमनेल देखकर आपको पता चल गया होगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं शॉर्ट्रिक बता रहे हैं दो मिनट के अंदर आपको प्रयोजिक टेबल याद हो जाएगा देखिए हा कब्र से फरार हा कब्र से फरार ग्रुप दो टोटल ग्रुप कितना है अठारह ग्रुप है टोटल कितना ग्रुप है अठारह ग्रुप तो अब देखते हैं ग्रुप दो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी अब देखिए ग्रुप तेरह यानी पी ब्लॉक ये दोनों एस ब्लॉक होता है और ये पी ब्लॉक होता है तो पी ब्लॉक देखते बैगन आलू गाजर इन थैला बैंगन, आलू गाजर इन थैला अब ग्रुप चौदह कैलाश शिव संग पार्वती कैलाश शिव संग पार्वती ग्रुप पंद्रह ना पे अस्तमा ना पे अस्तमा सब में बीमारी ग्रुप सोलह ओ सिकंदर सेंड टेलीग्राम पोस्ट ओ सिकंदर सेंड टेलीग्राम पोस्ट ग्रुप सत्रह फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फिर कल बाहर आएगा ओटो अब ग्रुप अठारह हीना नेहा और करीना हीना नेहा हीना नेहा और करीना एक्सरे रंगीन आशा करते हैं पी ब्लॉक आपको याद हो गया होगा अब चलते हैं डी ब्लॉक की ओर साइंस टीचर बीनीता कुमारी मैडम फेवी कॉल नहीं छूटे जनाब साइंस टीचर बीनीता कुमारी मैडम फेवी कॉल नहीं छूटे जनाब यार जरा निभाना मौत तक रुकावट राह पर आगे कूद जाना यार जरा निभाना मौत तक रुकावट राह पर आगे कूद जाना ला हप्ता वर्ना रे रे उसे इधर पिटाई और ला हप्ता ला हप्ता बरना रे उसे इधर पिटाई और चलिए पी ब्लोक के तत्व और डी ब्लॉक के तत्व और एस ब्लोक के तत्व आपको याद हो गया होगा आशा करते हैं अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा अगर